तो वाइस आज की जो वीडियो हो बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हमारे पास है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टाइगर बाम है जो कि जब भी हमारे सर के अंदर पेन होता है यानी दर्द होता है तब हम इसको इसके इसको अपने सर के ऊपर मलते यानी इसकी मसाज करते हैं तो थोड़ा बहुत इससे आराम मिलता है तो वाइस ये इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिक्स होती है इसकी वजह से हमारा सर दर्द जो है वो ठीक होता है स्क्रीन पर दिखा दूंगा आप लोगों को तो गाइश ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है जब गाइश इसे हम अपनी नाक पैर या फिर किसी आँख के आस लग जाती है तो कितनी ज़्यादा आंसू आते कितनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है ये आप लोग अच्छे से जानते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टाइगर वाम जो है हमारे पास है और गाइश इसे आज हम लगाने वाले हैं हमारी आँखों के पास जहाँ पर कॉर्नर होते हैं वहाँ पर हम अपनी आँखों के पास लगाएंगे और देखते हैं कि इससे क्या जलन होती है कितनी ज़्यादा जलन होती है जलन बहुत ही ज़्यादा करती है एक तो ये बाम ऊपर से टाइगर बाम यानी टाइगर से बाम समझ रहे हो आप टाइगर वाली बाम है ठीक है तो इसे हम आँखों के पास पास लगाने वाले और देखते हैं कि हमारी आँखों का क्या हाल होता है तो वाइस अगर आप बच्चे हो या फिर बड़े हो अगर आप करते हो तो अपने रिस्क पे करना हमारा इसमें कोई भी लेन नहीं होगा हमारे चैनल इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो वाइस ये वीडियो जो है सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए होती है आप ऐसा कमप्यू ट्राई ना करिएगा आपको खतरा हो सकता है आपकी आँखों को खतरा हो सकता है ख़ास अगर आप चश्मे वाले इंसान हो तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत करे ऐसी चीज़ों को आपकी आँखों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है आप अंधे भी हो सकते हैं इससे टाइगर बाम या किसी भी बाम से तो आज हम लगाने वाले इसकी आँखों को ए, अपनी आँखों के कॉर्नर पर इसे दोनों आँखों के कॉर्नर पर और फिर देखते हैं कि क्या हालत होती है हमारी तो इसके अंदर जो भी चीजें होती है वो आपको स्क्रीन पे आगे वीडियो में दिखाई दी जाएगी तो आप देखना इसके अंदर क्या-क्या होता है तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाइगर बाम है और जिन जिन चीजों से बनती है उनको आपने पहले वीडियो में देख लिया और थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए हम हमारे पास यहाँ पे ठंडा पानी यानी फ्रिज की बोतल इसे साइड में रखते हैं और अभी जो बारी है इसे खोलने की और अपने आँखों के ऊपर लगाने की आप लोग देख सकते हो कि मेरी दोनों आंखें जो है अभी सही सलामत है और इसे लगाने के बाद मुझे पक्का भरोसा है कि आंखें जो है बहुत ही आपको क्या बताऊं मैं तो इसे अपन लगाते थोड़ी सी मैंने ले ली है और पहली बार लगा रहा हूँ तो अपने आँखों के साइड में सबसे पहले मैं आँख बंद कर लेता हूँ हमारे द्वारा जो भी दिखाया जाता है वो पूरी सेफ्टी के साथ किया जाता है आप इस तो गाइस एक आंख पे मैंने लगा ली और भाई साहब लगाते ही इतनी ज्यादा जलन हो रही है कि पूछो मैं दूसरे मोहल्ले में भी लगा रहा हूँ और आप ऐसा का भी ट्राई ना कीजिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है भाई साहब इसे बंद कर देता हूँ कहाँ पे मुझे दिख भी नहीं रहा और गाइस मेरी आँखें जो है अभी खुल भी नहीं रही है इसी हालत में भी नहीं कि मैं अपनी आँखों को खोलूँ भाई साहब पसीने आने शुरू हो गए और हालत ख़राब है भाई साहब से पहले मैं कपड़ा ले लेता हूँ अपने पास हेल्प के लिए और गैस आप लोग देख सकते हो कि आँसू कितने आने लग और गर्मी भाई साहब इतनी गर्मी है पूछो मैं और भाई साहब बहुत ज़्यादा जलन हो रही है मेरे को चक्कर से आने शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा जलन है भाई साहब पसीने आने लगे क्या करे अगर राइस आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इसे का मत करना आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है अपनी आँखों के लिए आँखों के साथ इसे खिलवाड़ कभी भी नहीं करना चाहिए और मैंने कर लिया और तो मुझे पता चल रहा है कि क्या होता है राइस बहुत ज़्यादा जलन हो रही है क्या करो लेकिन कैमरे के सामने हो तो इतना मतलब कर भी नहीं सकता मैं कुछ तो गाइस मुझे रोना आ रहा है यार सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जलन सी हो रही है जैसे कि आंखों के पास किसी मिर्ची सी लगा दी हो और गाइस जोलो से भी ज़्यादा ख़तरनाक है ये चीज़ बहुत ज्यादा जलन, तो तो जलन हो रही है वो तो आंखें नहीं खोल पा रहा मैं और गाइस जैसे आंखें खोलता हूँ बहुत ज्यादा हवा सी लगती है ठंड सी लगती है जलन सी होती है तो गाय बहुत ज्यादा जलन हो रही है चक्कर से आ रहे मेरे को पसीने पसीने हो गए भी नहीं खोल पा रहा मैं तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरी आंखों का हाल कि आंसू आंसू हो चुके हैं और पसीना सबसे ज़्यादा आ रहा है गैस इस इससे लगाने के बाद पसीना जो है बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और भाई साहब हालत ख़राब हो चुकी है क्या करे क्या करे क्या करे और गैस आँसू जो है बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं तो गैस आप लोग देख सकते हैं नाक में पारी से पानी आना शुरू हो गया दिमाग में से आने शुरू हो गए और और भाई साहब बहुत ही ज्यादा भाई साहब नाक में से पानी शुरू आंखें नहीं खुल रही सबसे बड़ी बात यह है जलन हो वो सब चल जाएगी लेकिन आंखें नहीं खुल पा रही जैसे आपके खोल का बहुत ज्यादा जलन होती है और काइस क्या करू आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा जलन हो रही है थोड़ा कपड़ा से पूछ लेता हूं अपने आंसू जो कपड़े से पूछ लेता हूं और आंखें खुल नहीं रही तो जैसे आंखें खोलता हूं तो बहुत ज्यादा ठंड सी लगती है ऐसे लगता है कि किसी ने आइस डाल दी हो अपनी आंखों में तो थोड़ा सा पोछ लेता हूँ इससे ताकि मेरी आंखें खुल जाए सब भी जो है है है है मेरी आंखें थोड़ी बहुत तो खुलना स्टार्ट हो हो गई और नाक में से पानी लगातार आ रहा हालत खराब चुकी है यार क्या करे आप लोग देख सकते हो गाय आप लोग कभी भी ऐसा मत करना दोस्तों ज्यादा ठंड सी लग रही है यार जलन हो रही है लेकिन अब जो है इसका असर जो है मेरे को लग रहा है खत्म होने वाला है थोड़ी बहुत जलन हो रही है लेकिन आंखें जो है अभी भी थोड़ी बहुत खुल रही है बट प्रॉपर तरीके से मेरी आंखें जो है वो अभी भी खुल नहीं रही और नाक से पानी लगाता आ रहा है तो वैश्विशी के बाद कभी भी मैं इस टाइगर बाम को अपनी आंखों के पास नहीं लगाऊंगा तो ऐसे थमनेर भी ले, ले लेता हूं ना मैं अच्छा रहेगा ठीक है तो ऐसा सब लेता हूँ कुछ इस प्रकार से और लोग को थोड़ा इसे कर लेता हूँ ताकि ऑडियंस जो इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो और इस वीडियो पे देख करे तो इसे साइड में रखते हैं तो यह होता हमने हमारा पर गाइस आंसू जो अभी भी लगातार आ ही रहे हैं खून के आंसू रुलाते हैं थोड़ा सा पानी पीते हैं पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स मिले इसे साइड ही मैं तो अभी जो है खुन खुनना स्टार्ट हो चुकी है कुछ दिख रहा है बाई सा और आंखों को ऐसा लगता है कि जैसे मिर्ची डाल दी हो किसी ने आंखों में से हो तो इस वीडियो को कहीं भी ट्राई मत कीजिए ऐसा कहीं भी ट्राई मत कीजिए अगर वीडियो पसंद आए आपके लिए गाइसी इतना रिस्क लेता हूँ मैं अपनी आंखों आप के साथ में जो है इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो वैसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और वीडियो को लाइक करना ऐसे आपके लिए मैंने जो टाइगर बाम इतनी खतरनाक बाम जो होती है सर में लगाने के बाद इतना ज़्यादा पेन होता है उसको मैंने अपने आँखों के कॉर्नर पर लगाया तो वैसे वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है हम मिल नेक्स्ट वीडियो में तब तक कहते जय भारती जय हिंद और हाँ गाइस हमारा दूसरा चैनल है टेक चैनल जिसके यूट्यूब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ तो उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो दूसरा चैनल पे आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको यूट्यूब बनना है यूट्यूब पर कैसे क्या चीज़ कर, करनी होती है कैसे क्या अपलोड करना होता है तो वह सब आपको इस अगली जो अगला चैनल है हमारा उसमें दिखाई देगा तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए हर वीडियो को देखिए और अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और मेरी तरह आप भी यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू कीजिए और YouTube पे अपना फ्यूचर बना बना सकते हो तो बनाइए तो इस वीडियो को ये ट्राई मत कीजिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अभी भी जो है जलन हो रही है लगातार तो गाइस बनियान में था इसीलिए थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला और पंखा भी अभी नहीं चल रहा है फिलहाल तो गाइस हम मिलती इस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत ठीक है ओके लाइक करना